क्या आपको चिपचिपा पानी आता है क्या आपके मसाने में गर्मी है लिवर में गर्मी है या पेट में गर्मी है और या फिर आपको पेशाब करने में जलन होती है तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा सके तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेल्थ तो पहले बात करेंगे कि चिपचिपा पानी क्यों आता है किसी लड़की से फोन पर लंबी लंबी बात करते हुए चिपचिपा पानी आता है और पोन फिल्म हद से ज्यादा देखने पर भी चिपचिपा पानी आता है मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन हद से ज्यादा करने पर भी चिपचिपा पानी आता है दरअसल क्या होता है कि आपके मसाने में ढीला आ जाता है जिसके कारण चिपचिपा पानी आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है की आपको परेशान नहीं होना है और ये सारी हरकते छोड़ देनी है जैसे फोन पर लड़कियों से बातें करना और पॉन फिल्म देखना इसे तो बिल्कुल बंद ही कर दें और साथ ही साथ मास्टरबेशन को भी बंद कर दें अगर आपको चिपचिपे पानी से छुटकारा पाना है तो और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि इस समस्या से आप पूरी तरह छुटकारा पा सके और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ताकि अगली नॉलेजेबल वीडियो बिल्कुल भी मिस न करें तो ये सब हरकते तो बिल्कुल छोड़ ही दे क्यूँकी इससे क्या होगा की आपका शरीर फिर से डिवेलप होना शुरू होगा और फिर कुछ लोग अपने नुस्खे बताते हैं कि अदरक खा लो लौकी खा लो या ये कर लो वो कर लो इससे ठीक हो जाओगे लेकिन अगर ऐसा होना होता तो वो तो आप खाने में वैसे ही खा लेते हो लेकिन उससे कुछ नहीं होता और फिर आप क्या करते हो कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और कुछ टेबलेट ले आते हो और फिर उसे खा लेते हो फिर वो टॉयलेट के रास्ते बाहर आ जाती है फिर उससे कुछ नहीं होता तो शायद इसी वजह ऐसी आप ये वीडियो देख रहे हो अब क्या होता है कि तनाव आया फिर चिपचिपा पानी निकला और अब तनाव खत्म फिर तनाव ही नहीं आ रहा पूरे दिन में और रात को सोए फिर सुबह उठ के देखा तो अंडरवेयर में लिक्विड डिस्चार्ज फिर उससे क्या होता है कि शरीर भी कमजोर होना शुरू हो जाता है और पीठ में दर्द होता है जोड़ों में भी दर्द होता है तो अलग अलग शेप एंड फॉर्म में ये परेशानी आती है तो अब बात करते हैं की इसका इलाज क्या है जैसा की आप देख ही रहे होंगे इस दवा का नाम है सफूफ मुकबी ये एक बहुत अच्छी और असरदार दवा है क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक दवा है और आयुर्वेदिक होने की वजह से सबसे अच्छी बात इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हैं कि आपका शरीर फूलने लगेगा और स्किन पर किसी तरह के धब्बे हो जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो मतलब आप इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकते है और मैं आपको बता दूँ की आखिर मैं इस दवा के बारे में आपको क्यूँ बता रहा हूँ क्यूँकी मुझे इस दवा ऐसी मतलब नहीं है मुझे आपसे मतलब है आप मुझसे पूछते हैं की इसका कोई नुस्खा बता दो तो मेरे पास और हजारों नुस्खे हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा और आप थक जाएंगे नुस्खे देख देख के तो मैं ये दवा आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इस समस्या से जल्द से जल्द निजात पाए मतलब जल्द से जल्द इस समस्या से बाहर निकले क्योंकि जिन लोगों ने इस दवाई को यूज किया है उन्हें बहुत फायदा हुआ है इस दवाई ऐसी और अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो पर एक बार कमेंट जरूर कर दें तो इसीलिए मैं ये दवा आपको बता रहा हूं और एक बात का ध्यान रखें कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप बीस हजार पंद्रह हजार तीन हजार या फिर दो सौ की दवा खा चुके हैं फर्क इससे पड़ता है कि जो दवा आपने खाई है उस दवा का कंपोजिशन अच्छा है या नहीं और माना कि वो एक आयुर्वेदिक दवा है कुछ टाइम तो लेगी ठीक होने में एक महीना दो महीने या फिर छह महीने तो वो एक हद तक ठीक है लेकिन अगर आपको उस दवाई का पंद्रह दिन में कोई फर्क नहीं दिखता तो उस दवा को आप पाँच साल भी खाएंगे तो भी उस दवा का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अब बात करते हैं कि खाने में क्या खाएं, तो आप हरी सब्जियाँ ले सकते हैं और फल भी खा सकते हैं मसाले वाली चीजें तो बिल्कुल बंद कर दे और रात में नहीं दिन में दूध ले और चिकन एग फिश मतलब मीट बिल्कुल बंद कर दे क्यूँकी इनमें होते हैं बहुत सारे मसाले और साथ ही साथ फास्ट फूड भी अवॉइड करें और जब आप दवाई लें तो उसमें 20 मिनट का गैप जरूर रखें सुबह भी और रात को भी और आपको इसके फायदे पता चल ही गए होंगे कि चिपचिपे पानी का बार बार निकलना धात स्वापन दोष और पेशाब में जलन या फिर आपका वीर पीला हो चुका है तो वीरे को सफेद करने में भी ये दवा बहुत फायदेमंद है तो अब सवाल आता है की इसे ऑर्डर कहाँ ऐसी करे तो जैसा की आप स्क्रीन आरोप मेरा नंबर देख रहे होंगे ये मेरा व्हाट्सऐप नंबर है आप इस नंबर आरोप आप अपना नाम फोन नंबर और कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ सेंड कर दें लगभग चार से पाँच दिन में ये आपको आपके दिए गए एड्रेस पर मिल जाएगी और ये भी लिख दें कि सर सफूफ मुकवी चाहिए और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है मतलब जब ये दवा आपके पास आएगी तभी पेमेंट करनी है और इस दवा का कोर्स दो से तीन महीने का है लगभग सात ऐसी पंद्रह दिन में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और इसे आपको बिना गैप के साथ लेना है क्योंकि अगर आप पहले महीने में ही ठीक हो जाने के बाद कहें कि अब तो कोई परेशानी नहीं है अब मैं इसे बंद कर देता हूं तो ऐसा नहीं है क्योंकि पहले महीने तो ये दवा बॉडी की परेशानियों को ठीक करने में मदद करेगी दूसरे महीने में ये दवा अच्छी तरह काम करेगी जिस तरह इसे करना चाहिए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर